से के तेरे तेरे लिए ही रखिया नी नी मैं ते तक वे वे वे वे शक ना चक अब मट्टी मट्टी लगी हुई है लहर रात लंघनी अच्छी लगीक और चैनल को सबसक्राइब कर देना